नमस्कार दर्शकों स्वागत है 12 मार्च के दैनिक राशिफल के इस कार्यक्रम में दर्शकों 12 मार्च का राशिफल मेष से लेकर के मीन राशि के जातकों के जीवन में क्या नवीनता लेकर के आ रहा है आज के दिन को शुभ बनाने के लिए ऐसे कौन कौन से दिव्य उपाय हैं जिनको आप कर सकते हैं तो पहले पंचांग क्या कहता आइए पंचांग पर एक दृष्टि डाल लेते हैं देखिये दर्शकों विक्रम संबद्ध दो हो गया है और अब जो संवत्सर चल रहा है ये प्रमादि नामक संवत्सर प्रारंभ हो चुका है साथ ही साथ चैत्र मास है और चैत्र मास की जो आज जो है तिथि रहेगी सुबह 11 बज करके उनसठ मिनट तक तो तृतीया तिथि रहेगी इसके बाद चतुर्थी तिथि लग जाएगी और कृष्ण पक्ष चल रहा है दर्शकों तो तृतीया तिथि के दिन परवर का सेवन नहीं करना चाहिए और चतुर्थी तिथि के दिन मूली का सेवन नहीं करना चाहिए सफ़ेद तिल का सेवन नहीं करना चाहिए ब्रह्मा व्यवस्था पुराण में स्पष्ट स्पष्ट रूप से इसकी मनाही है सूर्योदय की बात करें तो प्रातः छः बजकर बाईस मिनट पर सूर्योदय होगा सूर्यास्त होगा शाम को छह बजकर नौ मिनट पर नक्षत्र की बात करते हैं तो चित्रा और स्वाति नक्षत्र रहेगा वहीं विष्टि वव और बालो करल रहेंगे योग की बात करें तो ध्रुव योग और व्याख्यात योग रहेगा साथ ही साथ आज का जो राहुकाल रहेगा राहुकाल जान जाइए एक ऐसा समय एक ऐसी बेला होती है कि शुभ कार्यो को नहीं करना होता है तो राहु काल का समय रहेगा दोपहर तो एक बजकर चौवालीस मिनट से लेकर के तीन बजकर बारह मिनट तक की दर्शकों ये जो पंचांग है लखनऊ क्षेत्र को मानक मान करके बनाया गया है वहीं सुबह समय पर आ जाते हैं तो आज का जो शुभ समय रहेगा ये ग्यारह बजकर बावन मिनट से लेकर के बारह बजकर उनतालीस मिनट तक का जो समय रहेगा ये आपके लिए काफी शुभ समय रहेगा आप लोग शुभ कार्यो को इनमें कर सकते हैं चंद्रदेव लिब्रा अर्थात तुला राशि में संचरण करेंगे साथ ही साथ सूर्यदेव कुंभ राशि में संचरण कर रहे हैं अंतिम में इसके बाद यमीन में चले जाएंगे। गुरुवार दिन रहेगा, तो दक्षिण दिशा की ओर आज यात्रा करने से बचिएगा यदि यात्रा करनी पड़ जाए तो आपको प्रयास करना चाहिए कि पहले आप लोग उत्तर की ओर चार चलिएगा साथ ही साथ दही का सेवन कर लीजिएगा एक हल्दी की गांठ रखिएगा और केसर का सेवन करके फिर आप यात्रा पर निकलिएगा तो दर्शकों ये तो था देखिए हमारा पंचांग बढ़ते हैं राशिफल पर लेकिन आप लोगों को बताना चाहेंगे कि यदि आप लोग अपनी कुंडली का विश्लेषण हमसे करवाना चाहते हैं तो स्क्रीन के दिए गए नंबरों पर आप लोग संपर्क कर सकते हैं व्हाट्सएप पर आप लोग प्रोसेस पूछ सकते हैं और जो है कुंडली का विश्लेषण करवा सकते हैं राशिफल में राशि चक्र में जो हमारी प्रथम राशि आती है ये आती है मेष राशि एरीज देखिए मेष राशि के जात आज आप कोई ऐसा काम कर सकते हैं जिससे आपकी आपके जो है कार्य में तारीफ होगी अतीत से जुड़ा कोई शख्स आज आपसे संपर्क करता हुआ दिखाई पड़ रहा है जिससे मिल करके आपकी पुरानी यादें आज फिर से तरोताजा होती हुई दिखाई पड़ रही हैं। लेकिन आज, आज आपकी लापरवाही के कारण आज आप कोई चीज भूल सकते हैं या खो सकते हैं तो इसका आप लोग ध्यान रखिएगा आज, आज आपको परिवार के बुजुर्गो से भी डांट डपट पड़ सकती है आज मेष राशि के जातक अपने भाषण के दम पर सकारात्मक प्रभाव का उपयोग करते हुए दिखाई दे रहे हैं साथ ही साथ पर्याप्त लाभ के आज अवसर आपको प्राप्त होंगे उपाय के तौर पर आपको करना क्या रहेगा तो आज आप लोग पीपल के वृक्ष पर जाइएगा और जल में थोड़ा सा गुड़ और चने की दाल मिला करके पीपल वृक्ष पर जलार्पण कर दीजिएगा शुभ कलर रहेगा पीला शुभ अंक रहेगा तीन अगली जो राशि आती है ये आती है वृषभ राशि तो वृक्ष राशि के जातकों आज आपको जीवन साथी का सहयोग सानिध्य मिलेगा कार्यों में आज होने से आपको सुयस्प्राप्त होगा आज का कार्यो मेंशि के जातकों के लिए ज्ञान वृद्धि करने के लिहाज से काफी अच्छा रहेगा व्यापारियों को अपने व्यापार संचालन और मुनाफे में वृद्धि दिखाई देती हुई दिखाई पड़ रही है शिक्षा प्रतियोगिता के क्षेत्र में चल रहा प्रयास फलीभूत होगा आज आपका आप लोगों का जो है रिफरेंस उच्चाधिकारियों से मिलेगा उच्चाधिकारियों से सम्मान प्राप्त हो सकता है आज आपको कोई नया और लाभदायी पार्ट टाइम कार्य मिल सकता है उपाय के तौर पर वृषभ राशि के जातकों को करना क्या रहेगा तो आज आप लोग बृहस्पति का जो है पाठ करिए गुरु कवच का आप लोग पाठ करिए शुभ कलर आपके लिए रहेगा सफेद शुभ रंग आपके लिए रहेगा दो जैमिनी हमारी अगली राशि आती है मिथुन तो मिथुन राशि के जातकों आज आपको सितारे सलाह दे रहे हैं कि अपनी सेहत पर थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा और आज योग जो है योग इत्यादि का योग अभ्यास करिएगा आज, आज आपकी यात्रा का कार्यक्रम अचानक से टल सकता है रुक सकता है रिश्तेदारों से आज आपके संबंध मधुर रहेंगे संबंधों में सुधार होगा और आज आप लोग अपनों के करीब आते हुए दिखाई पड़ रहे हैं कामकाज में आज आप लोग बहुत ही ज़्यादा व्यस्त रहेंगे प्रेम संबंधों के लिए दिन आज का ठीक ठाक रहने वाला है आज घरेलू कर्मचारियों से या नौकरों से आपको कुछ तनाव मिल सकता है कुछ लोग आज आपके इरादों को गलत भी समझ सकते हैं बाकी आज कार्य क्षेत्र में व्यापार में आपको लाभ होता हुआ दिखाई पड़ रहा है उपाय के तौर पर आज करना क्या रहेगा तो आज के दिन आप लोगों को जो है भगवान विष्णु के 1000 नाम अर्थात विष्णु नाम का पाठ करना रहेगा शुभ कलर आपके लिए रहेगा रहेगा आपके लिए हरा शुभ अंक आपके लिए रहेगा ये रहेगा अंक 9 बढ़ते हैं हम अपनी अगली राशि पर हमारी अगली राशि आती है यह कर्क राशि देखिए कर्क राशि के जात को आज आप अपने जीवन में तेजी से प्रगति करते हुए आगे बढ़ेंगे नौकरी हो या व्यवसाय आज इसका जो संकट चला आ रहा था ये सुलभता हुआ दिखाई पड़ रहा कोई नई नौकरी कोई नई रोजगार और कोई नए व्यापार की आज आप लोग शुरुआत कर सकते हैं आज आपके द्वारा किए गए कार्य से समाज के अधिक से अधिक लोगों को लाभ पहुँचता हुआ दिखाई पड़ रहा है आज के दिन मन में थोड़ा सा अज्ञात भय और डर बना रहेगा लेकिन ये डर बेफजूल का रहेगा बेहतर रहेगा कि आज आप अपने लिए कुछ समय निकालें और थोड़ा आज आप लोग अपने शरीर को आराम दें आज मन की भावनाएं जताने में संकोच बिल्कुल भी मत करिएगा आज आपको कफ और पित्त रोग से संबंधित कोई परेशानी हो सकती है कर्क राशि के जात को उपाय के तौर पर आप लोगों को करना क्या रहेगा तो आज के दिन आप लोग शिवलिंग पर एक केला जानते होंगे इसको चढ़ा करके अर्पण करके चले आइएगा शुभ कलर आपके लिए रहेगा ये रहेगा पीला और शुभ अंक आपके लिए रहेगा ये रहेगा अंक आठ सिंह राशि की ओर चलते हैं क्योंकि हमारी राशि चक्र की अगली राशि आती है सिंह राशि के जातकों आज बच्चों के लिए समय काफी अनुकूल और अच्छा रहने वाला है आज उनकी विधि में सुधार होगा कामकाज या समय के के उपयोग लिहाज से मन में उदासीनता रहेगी जो एक दो दिन तक की बनी रह सकती है सिंह राशि के जात लो, आप लोग लो, अपने स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखिएगा आज किसी यात्रा पर जाने का योग बन रहा है धार्मिक पूजा पाठ में आज आप लोग रुचि लेंगे आज आप अपने काम में व्यस्त रहेंगे विदेश यात्राओं के योग बन रहे हैं स्वभाव में आज क्रोध की अधिकता रहेगी और आज आपके फाइनेंशियल संबंध काफी मजबूत होंगे धन संबंधी अच्छा लाभ होता हुआ दिखाई पड़ रहा है उपाय के तौर पर आज आप लोगों को करना क्या रहेगा तो देखिए आज के दिन आप लोग गाय को बेसन से बनी हुई कोई मिठाई जरूर खिलाइए आपके लिए शुभ कलर रहेगा व्हाइट और तो शुभ अंक रहेगा पांच अगली राशि आती है ये आती है कन्या राशि देखिए कन्या राशि वाले जातक आज आप लोग सकारात्मक ऊर्जा से लबरेज रहेंगे और जो आज, आज आपके पास लोग हैं वो आपसे काफी प्रभावित रहेंगे आज आपका कोई रुका हुआ काम अचानक से पूरा होता हुआ दिखाई पड़ रहा है जो है काम से जो है आज समय निकालकर परिवार के साथ वक्त बिताते हुए दिखाई पड़ रहे हैं समाज में बहुत अच्छी इमेज आज आपकी बनेगी आलस्य और आराम में वृद्धि की संभावना है कार्य में आज शुभ समाचारों की प्राप्ति होगी कुल मिलाकर के घर परिवार की जिम्मेदारियों को आज अनदेखा मत करिएगा थोड़ा बहुत तनाव आज जीवन साथी के साथ हो सकता है उपाय के तौर पर आज आपको करना क्या रहेगा तो देखिए आज के दिन आप लोगों को जो है हल्दी का दान धर्म स्थान पर करना रहेगा शुभ कलर आपके लिए रहेगा नीला और शुभ अंक आपके लिए रहेगा ये रहेगा चार तुला राशि की ओर बढ़ते हैं हमारी अगली राशि आती देखिये तुला राशि वालों को आज व्यापार में होने पर भी अतिरिक्त मेहनत करनी पड़ सकती है अपने पार्टनर के साथ आज आप लोग कहीं घूमने फिरने का प्लान बना सकते हैं इससे आपके बीच की दूरियां खत्म होंगी आज आप किसी सामूहिक काम में शामिल ना हो तो आपके लिए बेहतर रहेगा कारोबार में उतार चढ़ाव बना रहेगा खेलों की तरफ आज आपका ध्यान बढ़ेगा और खेलों में आज आपको सफलता भी प्राप्त होगी छोटी छोटी बातों पर क्रोध मत करिएगा अन्यथा आज आपको जो है आपके गुस्से से काम बिगड़ सकता है उपाय के तौर पर आज आपको करना क्या रहेगा तो देखिए आज के दिन आप लोगों को प्रयास करना रहेगा कि प्रातःकाल जब जल्दी उठते हैं तो अपने माता पिता के चरण छूना रहेगा साथ ही साथ जल में दो चुटकी हल्दी डाल करके आज आप लोग स्नान करिएगा शुभ कलर आपके लिए रहेगा ये रहेगा पीला शुभ अंक आपके लिए रहेगा ये रहेगा एक अगली राशि क्यों आते हैं हमारी अगली राशि आती है देखिए दर्शकों स्कॉर्पियो वृश्चिक राशि वृश्चिक राशि के जातकों आज आपको दोस्तों के साथ कुछ लंबा सफर तय करना पड़ सकता है आपका आज का दिन बहुत ही प्रसन्नता सुख और संतोष से बीतेगा आज आप कार्यक्षेत्र में नए नए प्रयोग करते हुए दिखाई पड़ रहे हैं आर्थिक रूप से आज का दिन संतोषजनक दिन व्यतीत होता हुआ दिखाई पड़ आज किसी की भी बातों में आकर कोई भी आ, मतलब एग्रेशन मत दिखाइएगा कोई भी नीति का काम मत करिएगा, करिएगाथा आज आपको नुकसान उठाना पड़ सकता है कोर्ट कचहरी के मामले में आज आपके पक्ष में रहेंगे कोई फैसला आपके पक्ष में आ सकता है छात्रों का दिन आज अच्छा रहेगा आप लोगों का मन पढ़ाई में रहेगा उपाय क्या करना रहेगा तो देखिए आज आप लोग जो है ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस मंत्र का 108 बार जाप करिए शुभ कलर आपके लिए रहेगा पीला शुभ अंक आपके लिए रहेगा नौ राशि धनु राशि के जात को देखिए देखिए आप लोगों से अपील है कि इतने से ये राशिफल का वीडियो बन रहा है तो एक लाइक के हकदार तो हम है तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कीजिए नए अगर इस चैनल पर आप लोग जुड़े हैं हमें पहली बार सुन रहे हैं तो प्लीज आप लोग सब्सक्राइब के साथ साथ बगल में बना बेलाइकन जरूर दबाइए इस रविवार प्रातः प्रातः माफ करिएगा इस रविवार रात्रि 10 से 11 बजे तक हम आप सभी लोगों के सम्मुख लाइव उपस्थित होंगे आप लोग अपनी कुंडली का विश्लेषण उस समय करवा सकते हैं खैर धनु राशि की ओर चलते हैं धनुराशि के जातकों लाभ के लिए निवेश का आज विकल्प आपके लिए खुला रहेगा आज परिवार में वातावरण काफी आनंदित रहेगा आज शाम को अचानक से बिन बुलाए मेहमान आपके घर पर आ सकते हैं आपके मित्रों की मंडली में नए मित्र जुड़ेंगे मौज मस्ती और सैर और बिलासता की वस्तुओं पर आज आप लोगों का धन अधिक खर्च होता हुआ दिखाई पड़ रहा है नजदीकी रिश्तों में किसी बात को लेकर के खटास आ सकती है तना हो सकती है एक तरफा प्यार आज आपको परेशान करता हुआ दिखाई पड़ रहा है आज बिजनेस से जुड़ी कई नई योजनाएं बन सकती है ऑफिस में नए प्लान से आज आगे बढ़ते हुए आप लोग दिखाई पड़ रहे हैं उपाय के तौर पर आज करना क्या रहेगा तो आज किसी धर्म स्थल की आप लोग साफ सफाई करिए साथ ही साथ आज, आज आप लोग खिचड़ी बना करके किसी गरीबों को बांटिए उनको खिलाइए शुभ कलर आपके लिए रहेगा ये रहेगा ऑरेंज और शुभ अंक आपके लिए रहेगा ये रहेगा छेद कैप्रिकॉन मकर राशि के जातकों देखें नौकरी पेशा जो लोग हैं इनको निजी क्षेत्र के माध्यम से आज कोई बहुत बड़ा पद मिलने की संभावना है आज आप अपनी पैसों की स्थिति घरेलू सुख सुविधाओं आदि में सुधार का प्रयास करते हुए दिखाई पड़ रहे हैं मिलीजुली प्रतिक्रियाएं लक्ष्य को प्रभावित कर सकती है व्यवसाय में लाभ के लिए आज खुद को अनुकूल परिस्थितियों में पाएंगे दफ्तर में आज ऑफिस में आप लोगों को अपनी बात रखने का पूरा मौका मिलेगा माता के स्वास्थ्य के प्रति भी आज सचेत रहने की आवश्यकता रहेगी संतान के दायित्व की आज आपको पूर्ति होगी उपाय के तौर पर आपको करना क्या रहेगा तो आज के दिन आप लोग गाय को बेसन से बनी हुई कोई मिठाई और केला जरूर खिलाइए शुभ कलर आपके लिए रहेगा ये रहेगा ग्रे और शुभ अंक आपके लिए रहेगा ये रहेगा अंक चार कुंभ राशि की ओर आगे बढ़ते क्योंकि हमारी अगली राशि आती है कुंभ राशि के जातकों आज आप लोग जल्दबाजी या जोश में आकर करके आज ऐसे वादे कर सकते हैं जिनको निभाना आपके लिए कठिन होगा किसी तरीके का शारीरिक मानसिक बोझ लेने के लिए आज का दिन ठीक नहीं है अध्ययन में रुचि बढ़ेगी अपने काम में कई बाधाओं को पार आज करना आपके लिए आसान रहेगा शिक्षा प्रतियोगिता के क्षेत्र में आज आपको आपके मनोनुकूल सफलता प्राप्त होगी रिश्तों में निकटता आएगी बहस और चर्चा से दूर रहिएगा उधार दिया हुआ पैसा आज आपको वापस मिल सकता है उपाय क्या करना रहेगा तो देखिए आज आप लोग नारायण कवच का पाठ करिए आपके लिए शुभ कलर रहेगा नीला शुभ अंक रहेगा सात बढ़ते हम अपनी अगली राशि और यही हमारी अंतिम राशि भी है जिसको मीन राशि के नाम से जानते हैं तो पाइसेस आज आपके मन में थोड़ा अनिश्चितता का भाव रहेगा लेकिन आज आप उसकी पूर्ति आक्रामकता के साथ जो है करते हुए दिखाई पड़ रहे हैं जीवन साथी के साथ आज आप लोग कहीं बाहर घूमने का प्लान बना सकते हैं बाहर घूमने जा सकते हैं जिससे आपका मन काफ़ी प्रसन्न रहेगा बिजनेस करने वालों को आज अतिरिक्त मेहनत करती हुई कर जो है मेहनत करनी पड़ सकती है मौद्रिक लाभ के लिए परिस्थितियाँ आज, आज आपके अनुकूल बनी हुई हैं आज आप लोग जो है पारिवारिक जीवन सुखमय रहेगा व्यवसायिक तनाव लेकिन प्राप्त होता हुआ दिखाई दे रहा है आज आपकी योजनाओं में कुछ बड़ा बदलाव होने की भी संभावना सितारे दिखा रहे हैं आज आपके घर में कोई मेहमान आ सकता है जिससे मिलकर के काफ़ी आपको प्रसन्नता रहेगी खुशी रहेगी आज के दिन आप नए नए लोगों से मिलेंगे रिफरेंसेज आपके स्थापित होंगे पूर्व में किए गए निवेश से आज, आज आपको कोई धन लाभ हो सकता है उपाय के तौर पर आज आपको करना क्या रहेगा तो देखिए आज के दिन आप लोग जो है तुलसी जी का जो है तुलसी जी के पौधे पर जाइए और वहाँ पर जल में हल्दी डाल करके जलार्पण करिए साथ ही साथ आज विष्णु सहस नाम का पाठ करना आपके लिए सर्वश्रेष्ठ विकल्प रहेगा शुभ कलर आपके लिए रहेगा पीला शुभ अंक आपके लिए रहेगा एक तो दर्शकों कैसा लगा हमारा ये राशिफल हमें कमेंट के माध्यम से अवगत कराइए नए हैं तो इस चैनल को आप लोग देखिए सब्सक्राइब करिए बगल में बना हुआ बेल आइकन दबाइए दीजिए इजाजत मिलती है अपने नए वीडियो में तब तक के लिए नमस्कार